नमस्ते मेरा नाम राहुल गौड़ मैं बानसुर का निवासी मैं यहाँ पर लोहित गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक इंडिया स्टैम फाउंडेशन के तहत लगाई गई लैब स्टैम लैब के अंदर एक रोबोटिक्स ट्रेनर हूँ जो कि हम यहाँ पर बच्चों को इंडिया स्टैम फाउंडेशन के तहत व इस्टैम एजुकेशन के तहत नई नई तकनीकों से बच्चों को रूबरू करवाते हैं नई नई तकनीकों के बारे में सिखाते हैं वह टेक्नोलॉजी के के जो अवेयरनेस हैं उनके बारे में सिखाते हैं बच्चों को ए, क्रिएटिव बनाते हैं इनोवेटिव बनाते हैं इसमें हम इस्टैम एजुकेशन प्रदान करते हैं बच्चे को जिसमें बच्चा जीरो लेवल से ही लेकर छः से लेकर बारहवीं कक्षा तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें हम स्टैम एजुकेशन देते हैं जिसमें हम साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग व मैथमेटिक्स जैसी विषयों को एक साथ में रखते हुए हम बच्चों को शिक्षा देते हैं जिससे बच्चा शुरुआत से ही लेकर छठी कक्षा से ही लेकर अपने आप को क्रिएटिव बनाते हुए अपने आप को एक इन्वेटिव बनाते हुए आविष्कारक बनाते हुए नई नई तकनीकों के बारे में सीखता है नई नई चीज़ों के बारे में जानता है नई नई खोजों को करता है साथ में बच्चा नई नई जो प्रॉब्लम्स उसके सामने आजकल आती हैं उन प्रॉब्लम्स को वो फेस करता है और फेस करके उनका सोलूशन फाउंड आउट करता है जो प्रॉब्लम्स बच्चों को आज के दिनों में देखने को मिलती है तकनीक से संबंधित उन्हें हम लोग एक जो लैब दी गई है हमारी स्कूल लोहिती के अंदर स्टैम्प लैब उसके अंदर हम लोग बच्चों को उन प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करना बताते हैं जिसमें हम बच्चों को नई नई तकनीक में जैसे कि थ्री प्रिंटिंग अभी हमारे जो नई तकनीक है 3D प्रिंटिंग उस 3D प्रिंटिंग के बारे में हम बच्चों को एजुकेशन देते हैं जिसमें बच्चों को 3D डिजाइनिंग 3D मॉडलिंग एंड 3D प्रिंटिंग के बारे में बताया जाता है हमारी लैब के अंदर 3D प्रिंटर दिया गया है जिसमें हम बच्चों को एक मॉडल तैयार करके बताते हैं और फ्यूचर में उसका क्या यूज़ होगा क्या बेनिफिट होगा उनके बारे में बच्चों को सिखाते हैं इसी के साथ हम और भी तकनीकों के बारे में बताते हैं जैसे आई इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसा कि आज हमने सभी को भी मालूम होगा इंटरनेट का ज़माना है और सभी लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं हमारे ए, सभी गैजेट्स इंटरनेट से जुड़े हुए हैं आजकल सभी जो गैजेट्स है ऑटोमेशन में आ चुके हैं तो हम लोग बच्चों को उस जो टेक्निक है जो टेक्नोलॉजी है उससे रूबरू करवाने के लिए हम बच्चों को वो चीज़ें प्रदान करते हैं एक ऐसी एजुकेशन प्रदान करते हैं जिससे कि बच्चों को आई के बारे में मालूम हो कि वो गैजेट्स कैसे काम कर रहे हैं उनमें क्या लगा हुआ है उनका क्या बेनिफिट है तो आई के अंदर हम जैसे कि ऑटो जो ऑटोमेटिक डोर लॉक सिस्टम या सिक्योरिटी अलार्म या फिर हम लोग एल ई बेस्ड सिस्टम या सेंसर बेस्ड प्रोजेक्ट्स से बच्चों को बनाना बताते हैं बच्चों को लर्निंग करते हैं उससे और बच्चे उन चीज़ों को सीखकर अपने आप में एक अच्छा क्रिएटिव व इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स बनाते हैं जिससे कि बच्चे आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस ना कर सके मेरा नाम वीरेंद्र है मैं कक्षा आठ का विद्यार्थी हूँ मैं राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ और हमारे यहाँ पर एक लैब स्टेम लैब स्थापित की गई है जिसके तहत हम बहुत सी तन, तन, तकनीकों को सीख सीख तकनीकों के बारे में सीखते हैं इससे हम जैसे आज हमने एक रोड लाइट का मॉडल बनाया है LED, LDR सेंसर, बैटरी और जंपर, जंपर, जंपर, जंपर वायर यूज किया है इसलिए, इसलिए मैं मैं धन्यवाद करता हूँ इंडिया स्टेम फाउंडेशन वृति संस्थान बांसुर मेरा नाम सिमरन है मेरी विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहिती है हमारे विद्यालय में एक स्टेम लैब लगाई गई है इसके तहत हमें यहाँ पे नई नई तकनीकों के बारे में सिखाया जाता है हमने आज एक मॉडल मॉडल बनाया जो इस तरह इस तरह चलता है हम इसके पास जाते हैं तो ये ऑन हो जाता है हम इससे हटते हैं तो ऑफ हो जा इसको चलाने के लिए हमने इसमें आईआर आर सेंसर आडिनो यूनो बोर्ड बैटरी मोटर व मोटर ड्राइवर का उपयोग किया है इस लैब को प्रदान करने के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं इंडिया स्टेम फाउंडेशन जागृति मेरा नाम प्रीति है मैं कक्षा नाइन्थ की छात्रा हूँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहित में पढ़ती हूँ आज हमने एक ऑटोमेटिक टोल टैक्स का मॉडल बनाया है जिसमें हमने जिसमें हमने इस Arduino Uno Board, Arduino Uno Board, servo motor, breadboard, ultrasonic sensor, आइसक्रीम चम्मच ब्लैक चार्ट गत्ता और नाइथ वोट की बैटरी का उपयोग किया है जब हम किसी गाड़ी को इसके पास ले जाते हैं तो इसका गेट खुल जा खुल जाता है फिर निकाल देते हैं तो बंद हो जाता है हम धन्यवाद करते हैं इंडियन इंडियन इस्टेम फाउंडेशन व युवा जा जागृति संस्थान को बानसूर को इसके लैब को स्टेबल करने के लिए यहाँ पर लोहिती में स्थापित करने के लिए हमारा जो संस्थान है इंडिया इस्टेम फाउंडेशन वह हमारा जो ए, संस्थान को सहयोग देने वाले हमारे युवा जागृति संस्थान बानसुर के जो सीईओ हैं हमारे मिस्टर गोकुलचंद सैनी जी को मैं तह दिल से धन्यवाद करता हूं, लोहिती टीम की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमें इतनी अच्छी लैब प्रदान की और एक ऐसी एजुकेशन देने के लिए हमें चुना गया जिससे कि हम बच्चों को नई नई एजुकेशन नई नई टेक्निक्स के बारे में बता सकें पढ़ा सकें तो थैंक यू सो मच गोकुल सर एंड इंडियाज स्टैम फाउंडेशन थैंक यू सो मच